तो मम्मी किस चीज़ की पूजा है आज ये आंवला महारानी की पूजा है और किस दिन होती है ये दीपावली के नवे दिन होती है आज आखर नवमी है और आंवले की पूजा होती है इसमें नौ फेरी लगाई जाती है माला फूल आईफल सिंदूर ये लगाया लगाया जाता है और सिंदूर है भिंडी है सुहाग की चीज चढ़ाई जाती है और ये पूजा सुहागन औरतें ही करती है इसकी मान्यता क्या है किस लिए इसको किया जाता है इसकी मान्यता है ये मतलब कि की सुहागिन करती है सुहाग और ये आंवले की पूजा होती है कार्तिक में आंवले का दान भी दिया जाता है अच्छा हाँ क्योंकि जितना आंवले का दान दो मतलब ये रहता है कहते हैं और ये कार्तिक के महीने में ही आंवला की पूजा होती है और ये नवमी तक होती आज ही तक होती आज के बाद नहीं होती जाइए ये ये यहाँ ये गौरगनेश है, है।, है और चूड़ी है बिंदी है सिंदूर है मूली है आंवला है ये सब चढ़ाया जाता है लाई बोगी चढ़ाई जाती है दीपक जलता है और फेरी लगाई जाती, जाती है नौ फेरी लगाई जाती है नौ फेरी लगाई जाती है चलो तो शुक्रिया ये लाइट चला ये लाइट किस चलाते है? हैं अब लाइट चढ़ाते हैं